भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा मेरे पड़ोसी ने आज मुझसे पूछा कि मेरी बीवी को देखा क्या मैंने कहा हाँ आज सुबह ही देखा नाते हुए साले ने मेरी जमकर कुटाई कर दी अब उसे कौन समझाए कि नहातो मैं रहा था उसकी बीवी तो गली से गुजर रही थी